जय हिंद कैसे हो आप लोग फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो स्वागत है आपका इस वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा पार्ट देखा था इसमें भी उसी का अगला पार्ट देखेंगे उसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अगला पार्ट देखेंगे तो चैप्टर अपना अभी निर्देशांक जयमिति कंटिन्यू रहेगा पहला वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए क्योंकि उसके बिना यह समझ में नहीं आएगा तो पार्ट वन देखना पूरा जरूरी है उसके बाद पार्ट टू देखिए उसके बाद ये चैप्टर ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो आज पढ़ेंगे निर्देशांक जयमित पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में हमने भूज कोटि भूज कोटि पढ़ा उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है ये जाना उसके बाद चतुर्थांश मूल बिंदु दूरी सूत्र इस पांचों टॉपिक को हम पिछले क्लास में कर चुके थे ठीक है इस क्लास में इस पांचों का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है प्रैक्टिस क्वेश्चन है बिंदु दिया हुआ चार रूट दो इसमें बताना भूज क्या है कोटी क्या है यदि आप पहला लेक्चर देखे थे आप आसानी से बता सकते हैं जो पहला वाला रहता है इसमें ये चार ये हो गया भूज और ये दूसरा वाला कोटी ठीक है इसका भूज कितना हो गया भूज हो गया चार और कोटी हो गया रूट दो जब भी कोई बिंदु दिया रहेगा कॉर्डिनेट में तो उसमें पहला वाला होगा भुज और दूसरा वाला होगा कोटि। चलिए अगले क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन रहे ये पाद से है मतलब चतुर्थांश चतुर्थांश और पाद दोनों एक ही दोनों का एक ही नाम है यदि कहीं पे भी चतुर्थांश रहे या पाद रहे तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों एक ही चीज का नाम है बताना क्या है यहां पे दो रूट तीन और माइनस रूट दो किस चतुर्थांश में है चतुर्थांश में नियम क्या बताए थे सबसे पहले इस पॉइंट को पता करना है कि है किधर ग्राफ में होगा किधर यही ना सबसे पहले दो रूट तीन दो रूट तीन का मान कितना होता लगभग हम मान निकालेंगे लगभग देखेंगे ये किस चतुर्थांश में जा रहा है दो और रूट तीन का मान होता है एक पॉइंट सात तीन दो होता है लेकिन हम सिर्फ सात ही रखेंगे ठीक थी, ठीक है एक पॉइंट सात गुना दो सत्रह चौंतीस यानी कि तीन दशमलव चार तीन दशमलव चार किधर होगा पहला वाला जो होता है ये क्या होता है एक्स अख्स पे जाते हैं पहला वाला मतलब ये तीन दशमलव चार मूल बिंदु से इधर जाएंगे ठीक है तो तीन दशमलव चार कहीं यहां पे मान लेते हैं ठीक है ये हो गया एक्स अख्स पे तीन दशमलव चार उसके बाद माइनस रूट दो कहां पे होगा ये देखना है रूट दो का मान होता है एक दशमलव चार एक चार तो मैं रखूंगा एक ठीक है और माइनस में है तो यहां से माइनस फिर किधर वाय या तो ऊपर होता है या नीचे होता है यदि प्लस रहा तो ऊपर और माइनस रहा तो नीचे तो माइनस एक दशमलव चार एक अंदाज इधर होगा तो एक्स हो गया यहाँ पे दो रूट तीन और वाई हो गया माइनस रूट दो आज समझ में पॉइंट को हम देख चुके हैं कि किस किस जगह पे है इसके बाद अब बताना है चतुर्थांश कौन सा है पेंट का कलर चेंज कर देते हैं चतुर्थांश में क्या बताते हैं ये होता है एक नंबर ये होता है दो नंबर तीन नंबर और ई चार नंबर तो किस चतुर्थांश में है चार नंबर में है बस यही बताना था यदि क्वेश्चन अलग भी रहे तो आपको सबसे पहले पॉइंट को दिखाना है कि पॉइंट है कहाँ इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है कहाँ पे है पॉइंट को वहां पे दिखा देंगे उसके बाद देख लेंगे कि अपने एक दो तीन चार में से किस चतुर्थांश में है ठीक है उसके बाद हमने दूरी सूत्र आपको बताया था तो फिर इसका रिवाइज कर लेते हैं इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे और दूरी सूत्र को आज आसान से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक इसमें कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो दूरी सूत्र होता क्या है दो पॉइंट रहता है कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये दोनों का एक्स और वाई में वैल्यू दिया रहता है तो दो है तो नाम अलग कर देते हैं एक्स वन और एक्स टू वाई टू अब सवाल दूरी सूत्र में होता क्या है कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी बताना होता है मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है दूरी मतलब लंबाई कितना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स टू यानि कि ये माइनस ये और स्क्वायर प्लस ये माइनस ये स्क्वायर और रूट अंदर ए बी यहाँ पर नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये बी है वैसे यदि यहाँ पे P क्यू लिख दिए तो वहाँ पे लिखे होते हैं पी बराबर ठीक है तो धूड़ी सूत्र कंप्लीट है इस पे अब करते हैं सवाल जिससे कि प्रैक्टिस पूरा हो जाए पहला सवाल बिंदु एक दो है और माइनस दो तीन है इसके बीच में दूरी निकालना है तो यदि आपको सवाल बनाने में दिक्कत होता है तो कुछ करना है सबसे पहले पॉइंट ले, ले लेना है दो पॉइंट का नाम लिख देना है एक दो और माइनस दो तीन और दोनों के बीच लाइन खींचिए मतलब ये दूरी निकालना है तो यदि आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं ठीक है तो ए बी बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस ई का स्क्वायर x2 कितना x2 ये हुआ मतलब रूट अंदर में माइनस टू और माइनस x1, वन एक का स्क्वायर प्लस y2, टू तीन है माइनस y1, वन कितना है दो इसका स्क्वायर अब करना क्या अब सिर्फ आसान कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करेंगे और सीधा आंसर पे पहुंचेंगे माइनस दो और माइनस दो और माइनस एक कितना माइनस दो और माइनस एक दोनों घटा में दो भी घटा में और एक भी घटा मतलब टोटली घटा में तो टोटली घाटा में है तो माइनस तो तीन रह जाएगा और स्क्वायर प्लस तीन माइनस दो तीन फायदा दो घटा तीन फायदा दो घटा, घटा बचा कितना एक अब यहाँ पर रूट अंदर कितना माइनस तीन का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर मतलब माइनस तीन गुना माइनस तीन कितना रूट अंदर नौ प्लस एक का स्क्वायर एक को एक से गुना करेंगे एक ही रहेगा तो रूट अंदर नौ प्लस एक दोनों मिला के कितना हो जाएगा रूट अंदर दस आसान सा बात था और रूट अंदर दस में यहाँ पर मात्रक नहीं लिखे हैं दूरी जब भी होता है मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ऐसे होता है और वहाँ पे कोई भी मात्रक हिंट में नहीं दिया है तो इसमें सिर्फ लास्ट में लिख देंगे इकाई मात्रक इकाई मात्रक मतलब इकाई मात्रक हो गया मतलब यदि मीटर रहे तो मीटर सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर किलोमीटर रहे तो किलोमीटर इकाई मात्रक लिख दिए मतलब अपना यूनिट लिख दिए मात्रक उसका लिख चुके हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है बिंदु ए कॉस्थीटा और जीरो और जीरो ए सैन थीटा के बीच का दूरी ज्ञात करें सवाल देख के डर तो लगता होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सीधा इसमें क्या दिखाता हूं एक्स वन ये हो गया वाई वन ये हो गया एक्स टू ये हो गया वाई टू ये हो गया और यदि आप लिखना चाहे तो बिंदु दे करके लिख सकते हैं एक क्वास्टिटा यहाँ पर एक थीटा जीरो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ये और जीरो ए थीटा यहाँ पे। नाम दे सकते हैं कुछ भी ए बी पी क्यू ठीक है अब निकालना है दूरी क्या लगाएंगे फार्मूला रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू है जीरो और एक्स वन है a कोश थीटा थीटा स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर वाई टू है a सैन थीटा माइनस जीरो का स्क्वायर तो रूट अंदर जीरो माइनस एक थीटा का स्क्वायर तो जीरो का तो कोई वैल्यू ना है तो सिर्फ क्या बच बचेगा माइनस एक थीटा का स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाता प्लस ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर और कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा कॉस थीटा देख करके घबराना नहीं है ये त्रिकोण का है और सिर्फ आपको बिंदु के लिए दे रखा है तो जो जैसा उसको सिर्फ वैसा स्क्वायर कर देंगे तो कॉस्ट थीटा था उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है कॉस स्क्वायर छीटा ये हमको टेंशन नहीं लेना है कि कॉस्ट थीटा है क्या साइन थीटा है क्या त्रिकोण मिति पढ़ेंगे तो पता होगा ही और यदि नहीं पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है ए स्क्वायर पॉस स्क्वायर छीटा प्लस अब यहाँ पर फिर जीरो है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो क्या बच गया ए साइन छीटा यहाँ पर बच गया तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब आगे क्या होगा रूट अंदर ए स्क्वायर दोनों में है यहां भी है यहां भी है तो ए स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है तो वो बाहर निकल जाता है ये अपना बाहर निकल गया और रूट अंदर कितना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर तो तो थीटा तो आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में इसका मान होता है एक तो साइन और कॉस का मान कितना हो गया एक और एक जब रूट से बाहर निकलता तो एक ही रह जाता तो ए पहले से बाहर था और रूट के अंदर से एक वो बाहर निकल के एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं एक ही रह जाएगा तो आंसर कितना हो गया इसमें ए मतलब कि ए थीटा जीरो और जीरो ए सैन थीटा दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है क्लियर यदि इसके बाद भी किसी तरह का डॉट आपको रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा ठीक है अगला क्वेश्चन है बिंदु दिया हुआ है एक्स माइनस वन और तीन दो और इसमें दोनों के बीच का दूरी है पांच मात्र तो का मान क्या होगा तो इस बार क्या करेंगे फॉर्मूला तो वही लगाएंगे लेकिन बनेगा थोड़ा अलग ठीक है इस बार क्या दिया है पहले इसको क्लियर करते बिंदु एक्स माइनस एक और तीन दो एक्स माइनस एक तीन दो मतलब कि ये दो बिंदु है एक है एक्स माइनस एक तीन दो यहाँ तक तो क्लियर कि बीच की दूरी पाँच मात्रक है मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना पाँच लिख देते हैं मतलब समझ कि पाँच मात्रक है ठीक है तो पूछ रहा है कि एक्स का मान कितना रखे कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी पाँच मात्रा होगा अब क्या करेंगे लगाएंगे दूरी सूत्र और बराबर में लिख देंगे पाँच तो जैसे करते थे बिंदु को P मान लिए और इसको Q मान लिए तो पी क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू माइनस का स्क्वायर और ये पी क्यू की जगह पे इस बार कितना है पी क्यू मतलब दूरी है p और q के बीच का तो यहाँ पे लिख देंगे पाँच पाँच बराबर रूट अंदर x2 टू माइनस एक्स वन कितना है तीन और x1 की जगह पे x तो तीन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई मतलब टू माइनस वाई वाई वन में माइनस पहले से और एक माइनस ये फॉर्मूला का है तो एक वो माइनस यहां पे इसको मध्यम कोष्ट स्क्वायर ठीक है इसको आगे करते हैं पांच बराबर रूट अंदर तीन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस दो माइनस माइनस एक का स्क्वायर तो पांच इक्वल तीन माइनस एक्स का स्क्वायर तीन माइनस एक्स का स्क्वायर अब क्या करना है किसे करेंगे ए माइनस बी का हाल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का हाल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का हाल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस में बी स्क्वायर a स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर नौ माइनस टू ए बी दो गुना तीन गुना एक्स टू ए बी तीन गुना छः एक्स और प्लस b स्क्वायर b क्या b क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर और प्लस में दो माइनस माइनस एक दो माइनस माइनस एक माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो दो प्लस एक दो प्लस एक कितना दो प्लस एक तीन और तीन का स्क्वायर नौ तो नौ नौ अठारह पांच बराबर रूट अंदर अठारह माइनस छ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अब क्या करना है रूट को हटाना है रूट को क्यों हटाएंगे हम क्योंकि हमको चाहिए किसका मान एक्स का मान चाहिए हमको इसलिए रूट को हटाना जरूरी है रूट कैसे हटता है? यदि इस साइड रूट है और इस साइड नहीं है दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे रूट को जब भी हटाना होगा तो स्क्वायर करेंगे ठीक है तो इस साइड जब स्क्वायर किए पांच स्क्वायर तो पांच का स्क्वायर हो जाता है पच्चीस और इस साइड जब स्क्वायर करेंगे तो रूट सीधा हट गया जो बच गया लिख देंगे ठीक है पच्चीस को ले जाते हैं बराबर के उस साइड सॉरी पच्चीस को नहीं ले जाएंगे यहां पे अठारह को ही ले जाते हैं पच्चीस माइनस अठारह बराबर माइनस छ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर पच्चीस में से अठारह गया सात सात बराबर माइनस छ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और सात को बराबर के ऊपर लेकर के जा सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस सात बराबर जीरो अब मेरा काम क्या बच गया इस बार तो सवाल में दो तीन तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो गया a माइनस बी का हल स्क्वायर यूज हुआ दूरी सूत्र यूज हुआ और अब क्या यूज होगा अब द्विघात समीकरण का थोड़ा यूज होगा तो द्विघात समीकरण में हमको करना क्या द्विघात समीकरण में मान निकालना है एक्स स्क्वायर सात बराबर जीरो तो निकालते हैं उसका मान एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स माइनस सात बराबर जीरो द्विघात समीकरण सॉल्व करते कैसे सात को यहां पे दो भाग में तोड़ना है सात को दो भाग में तोड़ना है जोड़ करके आ जाना चाहिए माइनस छ और गुना करके आ जाना चाहिए माइनस सात सात को दो भाग में तोड़ेंगे माइनस चलिए माइनस सात को दो भाग में तोड़ देते हैं ठीक है माइनस सात को दो भाग में तोड़ना है जोड़ करके आ जाना चाहिए माइनस छ तो माइनस सात गुना एक क्योंकि सात है तो सात के साथ तो एक भी है सात गुना एक सात ही रहता है तो माइनस सात गुना एक तो कितना हो जाएगा ये माइनस सात ही हो जाएगा माइनस सात प्लस एक माइनस छः मतलब जोड़ करके हमको क्या आना चाहिए जोड़ करके आना चाहिए ये बीच वाला और गुना करके आना चाहिए ये लास्ट वाला माइनस सात वैसे भी द्विघात समीकरण यदि करेंगे तो पूरा ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और यदि आपको इसमें दिक्कत रह गया तो कमेंट में ये पूछ सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा तो एक शॉर्टकट दे रहा हूँ इसका द्विघात समीकरण का ठीक है तो गुना करके माइनस सात आया और जोड़ करके माइनस तो अपना दो चीज क्या मिल गया और एक अब लिखना है एक्स फर्स्ट और लास्ट वालों को सेम लिख देना है ठीक है उसके बाद इधर से जो निकाले उसमें एक्स लगा के लिख देना है तो क्या हो गया एक एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस एक एक्स एक एक्स एक तो एक लिखे भी नहीं लिखे भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप फर्स्ट टाइम है तो बता रहा हूं ठीक है एक्स स्क्वायर एक एक्स माइनस सात बराबर जीरो अब इसमें करना क्या होता है इसमें कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स दोनों में कॉमन क्या है एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है एक्स कॉमन है एक्स यदि ले लिए तो इसमें क्या बचा एक्स और इसमें बचा माइनस सात सेम एक्स माइनस सात को रखना है और यहाँ पर किस चीज़ से गुना करेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा प्लस से कॉमन था दोनों में एक इसमें भी है एक उसमें भी है एक्स इसमें है लेकिन साथ में एक्स नहीं है अब फर्स्ट वाला और इसको एक साथ रखेंगे और इसमें से एक को लिखेंगे तो एक्स प्लस एक इंटू एक्स माइनस सात बराबर जीरो ठीक है एक बार एक्स प्लस एक बराबर जीरो तो यहां से एक्स का मान एक बार ये बराबर जीरो तो एक्स का मान कितना प्लस एक उस साइड गया माइनस एक और दूसरी बार एक्स माइनस सात बराबर जीरो तो एक्स बराबर सात मतलब एक्स बराबर माइनस एक और एक्स बराबर सात एक्स का कितना मान निकला एक्स का दो मान निकला एक्स का दो मान निकला मतलब एक्स दो चीज हो सकता है या तो माइनस एक भी हो सकता है या सात भी हो सकता है दोनों चीज के लिए दूरी वहां पे कितना रहेगा पांच मात्रक रहेगा यदि यह वाला सवाल एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा पीछे से देख सकते हैं दोबारा इसको देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अगला सवाल क्या है y का मान क्या होगा यदि इतना और इतना के बीच की दूरी दस मात्रक है दो पॉइंट दे रखा है चलिए फिगर बनाते हैं इसका और पिछला वाला यदि क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पॉइंट है दो माइनस तीन और दूसरा पॉइंट है टीन व कंसेप्ट सेम है पिछले वाले में आपको ये वाला पूछे थे और इस बार ये वाला पूछे हैं। दोनों बीच के बीच की दूरी दस मात्र फार्मूला अप्लाई करे कौन सा दूरी सूत्र तो रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का एक स्क्वायर एक्स टू है यहाँ पे दस एक्स टू है दस माइनस एक्स वन है दो का स्क्वायर प्लस वाई टू का मान वाई है माइनस वाई वन का मान माइनस तीन है तो माइनस तीन का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है दूरी दे रखा है दस मात्रक तो रूट अंदर दस माइनस दो का स्क्वायर यानी कि दस माइनस दो आठ का स्क्वायर और वाई माइनस माइनस तीन तो वाई प्लस तीन का स्क्वायर वाई प्लस तीन का स्क्वायर बराबर दस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना तो आगे चलते हैं रूट अंदर आठ का स्क्वायर करना और वाई प्लस तीन का स्क्वायर करना और बराबर में दस दे रखा है ठीक है इसको आगे करते हैं रूट अंदर आठ स्क्वायर आठ स्क्वायर कितना हुआ है चौंसठ और प्लस वाई प्लस तीन का स्क्वायर वाई प्लस तीन का स्क्वायर है मतलब ए प्लस का स्क्वायर है वाई प्लस का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर होता है ये बच्चा बच्चा को पता रहता है तो ए स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए कर वाई और b 2ab और प्लस में बी स्क्वायर बी का मान हो गया तीन तीन का स्क्वायर बराबर में दस मान दे रखा है दूरी तो रूट अंदर चौसठ प्लस वाय स्क्वायर और दो तिया छाई और तीन का स्क्वायर नौ और बराबर में दस ठीक है चौसठ नौ जुट जाएगा चौसठ नौ जुट के तो रूट अंदर अब सबको सीक्वेंस में लिख देते हैं और अभी पीछे क्या बताते हैं रूट कैसे हटाते हैं रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं स्क्वायर यानी वर्क करते हैं दोनों साइड वर्क करे वर्क जैसे ही किए इस सेट का रूट हट गया बच गया कितना वाई स्क्वायर प्लस छ वाई प्लस तिहत्तर और उस साइड जब दस का स्क्वायर करेंगे कितना दस का स्क्वायर एक सौ अब इसको आगे बढ़ाएंगे वाई स्क्वायर प्लस छाई प्लस तिहत्तर बराबर एक सौ इसको आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो वाई स्क्वायर प्लस छ वाई प्लस तिहत्तर और बराबर के उस साइड जो एक सौ है वो बराबर के इस साइड आ जाएगा पेज चेंज होता है इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लाइन बाय लाइन इसको कॉपी में लिखते जाइए तब पता रहेगा कि हम अगले पेज पे कहाँ से स्टेप ले रहे हैं ठीक है तो वाई स्क्वायर प्लस छः वाई प्लस तिहत्तर बराबर एक सौ लिखे थे पिछला स्टेप में अगला स्टेप में क्या एक सौ बराबर के उस साइड से, से बराबर के इस साइड में आ जाएगा अब क्या करेंगे घटाएँगे तिहत्तर माइनस तो वाई स्क्वायर प्लस छ वाई प्लस तिहत्तर माइनस एक सौ कितना तिहत्तर माइनस एक सौ माइनस सत्ताईस बराबर जीरो अब क्या बताए थे द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे जब एक रहे यानी कुछ नहीं रहे एक रहे तो इस कंडीशन में सत्ताईस को दो भाग में तोड़ेंगे सत्ताईस को दो भाग में तोड़ेंगे और जोड़ करके हो जाना चाहिए छ और गुना करके हो जाना चाहिए माइनस सत्ताइस को देखिए दो भाग में मैं कैसे तोड़ रहा हूं 9 नौतिया कितना हुआ सत्ताइस सत्ताइस तो हो रहा अब चीन का बात रह गया गुना करके माइनस चाहिए और जोड़ करके छः बचाइए यदि माइनस नौ लगा देते हैं तो माइनस नौ कितना हो जाता है माइनस सत्ताइस अपना तो आ गया लेकिन नहीं आया कैसे नहीं आया गुना करके तो हो जाता है माइनस सत्ताईस लेकिन जोड़ करके कितना हो रहा माइनस नौ जोड़ तीन माइनस छ हो रहा है लेकिन चाहिए कितना प्लस अब देखिए क्या करते प्लस नौ कर देते और माइनस अब गुना करें कितना हो रहा है प्लस नौ माइनस तीन गुना करके कितना हो रहा है नौ सत्ताईस और चीन माइनस में गुना करके तो माइनस सत्ताइस आ रहा और जोड़ करके कितना आ रहा है प्लस नौ माइनस तीन नौ में से तीन गया छ मतलब अपना काम हो गया नौ को लेंगे प्लस में और तीन को लेंगे माइनस में इसके बाद क्या बताए थे ये जो लिए हैं दोनों को एक्स में लिखना होता है तो वाई स्क्वायर प्लस नौ और यहां पे क्या था y में था तो y में लिखेंगे माइनस तीन वाई माइनस सत्ताईस बराबर जीरो ठीक है अब अगला स्टेप क्या होता है कॉमन लेना है तो दो ठोम कॉमन फिर दो ठोम कॉमन यहां पे वाई है यहां पे भी वाई है इसमें नौ है लेकिन इसमें नौ नहीं है कॉमन क्या है वाई है वाई कॉमन है यदि वाई कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर में क्या बच गया वाई बच गया क्योंकि दो वाई था एक बच गया और नौ वाई था उसमें से वाई निकाल लिया क्या बच गया नौ बच गया और ये चीज़ रिपीट होता है ये चीज़ फिक्स है दुर्घात समीकरण में दोबारा आएगा तो वाई प्लस नौ को लिख दिए ठीक है अब कितना लिखे यहाँ पे कि इसका मान इतना हो जाए तो माइनस यहाँ पे वाई है माइनस तीन दे दी माइनस तीन वाई और माइनस तीन गुना नौ माइनस सत्ताईस काम कंप्लीट इसके बाद क्या किए थे वाई प्लस नौ को एक रख लेना दो में से और ये जो अलग अलग है ये जो अलग अलग है इसको एक साथ लिख लेना है तो वाई माइनस तीन इंटू वाई प्लस नौ बराबर कितना जीरो ठीक है यहाँ तक y माइनस तीन और y प्लस नौ बराबर जीरो इसमें होता क्या एक बार y माइनस तीन बराबर जीरो होता है एक बार y प्लस नौ बराबर जीरो होता है y माइनस तीन बराबर यदि जीरो किए y माइनस तीन बराबर एक बार जीरो करते हैं और उसके बाद y प्लस नौ बराबर जीरो करते हैं देखते हैं क्या आता है क्या था पाला वाई माइनस तीन तो y बराबर कैसे निकालते समीकरण निकालते है, तीन को उस लेकर के जाते हैं जीरो है प्लस और तीन चला गया प्लस में तो y का मान कितना तीन किसी तरह की दिक्कत सिंपल सवाल है और एक और y का मान निकलना चाहिए y प्लस y प्लस नौ बराबर जीरो तो y बराबर जीरो और नौ उस चला गया प्लस है इस तो उस क्या माइनस जीरो में से माइनस गया क्या फर्क पड़ता जीरो में से नौ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वाई बराबर माइनस नौ यानी कि हम वाई का मान कितना निकाल चुके हैं आंसर अब कंक्लूजन पे जाते हैं आंसर हो गया वाई बराबर तीन या माइनस नौ दो। दोनों आंसर होगा ठीक है यदि तीन भी ले लेंगे तो दूरी उतना ही आएगा और माइनस नौ भी ले लेंगे तो दूरी उतना भी आएगा मतलब वाई का दोनों में से कुछ भी मान रख सकते हैं ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन अब क्लियर हो गया यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपना मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक या गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन इस तरह का डाउनलोड कीजिए और बनाइए अब दिक्कत नहीं आना चाहिए इस तरह क्वेश्चन में अगला क्या है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समुरुस्त है इस बार क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा चेंज किया है, ठीक है फिगर से पहले आप कुछ सवाल को समझाते हैं यह हो गया x अक्ष और यह हो गया y अक्ष होता मूल बिंदु मूल बिंदु से जब इधर जाते हैं तो प्लस में एक्स जब इधर जाते हैं तो माइनस में एक्स ऊपर जाते हैं प्लस में वाई और नीचे जाते हैं तो माइनस में वाई ठीक है ठीका? अब क्या दे रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु सात छ माइनस तीन चार से समुरुस्त है सात छः कहाँ पे होगा सात और छः सात होता प्लस में जाना है सात है एक्स में प्लस में जाना है एक्स में प्लस में जाना है सात कहीं पे ले लेते हैं इधर और छ भी छ होता है वाय वाला छ ऊपर चला गया तो इधर कहीं सात छ निकल गया और दूसरा पॉइंट है माइनस तीन चार माइनस तीन है मतलब सबसे पहले एक्स में जाना है माइनस और चार चार फिर प्लस में तो वाई में जाना तो कुछ ऐसे आ जाएगा माइनस तीन चार मतलब कि ये एक शख्स जो है एक्स ये जो है एक्स इस पर कहीं पे भी बिंदु है और बिंदु इस बिंदु से बराबर दूरी होना चाहिए और इस बिंदु से बराबर दूरी होना चाहिए तो कहीं पे हम यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं ये दूरी ये दूरी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ये दूरी और ये दूरी बराबर होना चाहिए एक्स पे ये बिंदु लिए बिंदु का नाम रख देते हैं पी समझने में अब आसानी है और इसका नाम रख देते हैं ए इसका नाम बी मतलब कि ए पी बिंदु जो लिए हैं एक्स पे वो ए से भी दूरी बराबर होना चाहिए और बी से भी दूरी बराबर होना चाहिए यानी कि दूरी ए बराबर बी -पी। यह होना चाहिए यह बस अब पी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु रहता तो उसका वाई वाला जीरो रहता हम सिर्फ एक्स में गए हैं वाई में गए ही नहीं है तो क्या हो जाएगा पी का नियामक हो जाएगा एक्स कोमा जीरो पी का नियामक क्या मिल गया एक्स कोमा क्योंकि वाई में गए ही नहीं तो वाई में नियामक होगा कैसे ना तो माइनस होगा ना ही प्लस में वाला कितना हो हो जाएगा, जाएगा। अब जीरोता हूं और एक्स टू वाई टू इसको तो फॉर्मूला क्या होता है रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का मान दे रखा है एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर तो माइनस माइनस तीन अब सीधा प्लस थीन करे क्योंकि ये वाला काम पीछे कर चुके तो इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर वाई टू है जीरो माइनस वाई वन का स्क्वायर वाई वन है चार का स्क्वायर तो bp के लिए क्या होगा रूट अंदर bp के लिए इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू और इसको एक्स वन वाई वन तो फार्मूला क्या होता है एक्स टू का, का एक स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस सात का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस छ का स्क्वायर ठीक है रूट अंदर एक्स माइनस सात का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस छः का स्क्वायर ये हो गया बी के लिए और रूट अंदर एक्स प्लस तीन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस चार का स्क्वायर ये हो गया ए के लिए ए पी बराबर बी इसमें क्या है बराबर के इस साइड भी रूट है और बराबर के उस साइड भी रूट है मतलब लेफ्ट में भी रूट है और राइट में भी रूट है जब दोनों तरफ रूट रहता है तो क्या हो जाता है रूट कैंसिल हो जाता है ठीक है रूट कैंसिल हो गया अब आगे क्या लिखेंगे रूट जब हट गया तो अब लिखेंगे जो बाकी रह गया उसको लिखेंगे बाकी क्या रह गया एक्स तीन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस चार का स्क्वायर और बराबर में एक्स माइनस एक्स माइनस सात का स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस छ का स्क्वायर ठीक है इसको आगे कैसे करेंगे एक्स प्लस थ्री का हल स्क्वायर है मतलब कि ए प्लस बी के फॉर्म में है और उसका हॉल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का हल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस प्लस में बी स्क्वायर ए हो गया एक्स और बी हो गया तीन तो a प्लस बी का हाल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी द्वितीया छस बी स्क्वायर यानी कि तीन का स्क्वायर नौ प्लस में जीरो माइनस चार का स्क्वायर तो माइनस चार का स्क्वायर यानी कि सोलह बराबर x माइनस सात का स्क्वायर x माइनस सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा यह है a माइनस बी के फॉर्म में और a माइनस बी के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है प्लस वाला में a प्लस बी का हाल स्क्वायर में रहता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का हाल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा ए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू और प्लस बी स्क्वायर यानी कि सात सत्तर उनचास और प्लस में जीरो माइनस छः का हल स्क्वायर यानी कि माइनस छः का हल स्क्वायर माइनस छः का हल स्क्वायर हो जाएगा छत्तीस अब बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड जो सेम रहेगा बराबर रहेगा उसको काट देना है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया अब जो बच गया है एक्स वाला को बराबर के इस साइड रखते हैं और बिना एक्स वाला को इस सेट ठीक है तो छः एक्स पहले से सेट है और ये माइनस चौदह एक्स आ गया इस सेट तो प्लस चौदह एक्स ठीक है इसके अलावा और एक्स वाला नहीं है बच्चे का संख्या वाला उनचास है बराबर के उस साइड प्लस छत्तीस और इस साइड से नौ चला गया माइनस नौ और ये सोलह भी चला गया माइनस सोला इधर जोड़ करके चौदह और छबर उनचास प्लस छत्तीस नौ छ पंद्रह का पाँच हासिल एक चार तीन सात एक आठ पचासी और माइनस वाला सोलह नौ पच्चीस यानी कि बीस एक्स बराबर पचासी माइनस पच्चीस तो बीस एक्स बराबर पचासी में से पच्चीस गया पाँच में से पाँच गया जीरो पाँच में से पाँच गया जीरो और आठ में से दो गया छः अब निकालना है एक्स का मान तो बीस को ले जाएंगे बराबर के उस साइड बराबर के उस साइड पहले से साठ और बीस गुना में था भाग में आ गया कितना हो गया यहाँ पे बीस दिया साठ यानी कि एक्स का मान कितना निकला तीन एक्स का मान तीन निकला यानी कि एक्स एक्स पे वो बिंदु कितना हो जाएगा तीन कुमा जीरो ठीक है? अगला सवाल है बिंदु जीरो दो की दूरी बिंदु तीन के और के पांच से बराबर है तो के का मान क्या होगा के के किस मान के लिए जीरो दो की दूरी इन दोनों पॉइंट से बराबर होगा ठीक है तो सवाल को पहले फिगर ड्रॉ करते हैं तो यहां पर रख लेते हैं तीन के और यहां पर पांच और बोल रहा है कि बिंदु जीरो दो की दूरी बिंदु इतना और इतना से बराबर है तो एक बराबर दूरी पे जीरो और दो और सवाल का ये कहना है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों बराबर है इसका नाम रख देते हैं ए बी सी फिगर ड्रॉ करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सवाल आसानी से पड़े बिंदु जीरो दो की दूरी बिंदु इतना से और इतना से बराबर है तो तीन के से बराबर और सी से दोनों जगह से बराबर है तो लिखेंगे ए बराबर बी सी बराबर बी, बी दूरी दोनों जगह से बराबर है तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का ए के लिए क्या हो जाएगा रूट अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू हो गया जीरो माइनस एक्स वन का स्क्वायर तीन जीरो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस वाई टू हो गया दो माइनस वाई वन का स्क्वायर वाई वन है के, और बराबर में होता है बीसी बीसी के लिए क्या हो जाएगा किसी को एक्स वन वाई वन ले लेंगे या तो इसको ले लेंगे एक्स वन वाई वन या इसको एक्स वन वाई वन यदि एक को एक्स वन लिए तो दूसरे को x2 y2 तो इसी वाले को लेते हैं x1 वन वाई वन तो एक्स टू माइनस एक्स जीरो माइनस के का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई दो माइनस पांच का स्क्वायर जब बराबर के इस साइड भी रूट रहे और उससे साइड भी रूट रहे तो सीधा रूट को कैंसिल कर देना क्या बच गया अभी जीरो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस दो माइनस के का स्क्वायर और बराबर में जीरो माइनस के का स्क्वायर प्लस दो माइनस पाँच का स्क्वायर इसको शॉर्ट करके लिखते हैं जीरो माइनस तीन का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर नौ प्लस दो माइनस का स्क्वायर बराबर जीरो माइनस के का स्क्वायर तो माइनस के का स्क्वायर और माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा जस्ट के का स्क्वायर और दो माइनस पांच का स्क्वायर दो में से पांच क्या माइनस तीन और माइनस तीन का स्क्वायर नौ नौ बराबर के इस साइड भी है उस साइड भी है कैंसिल हो गया नौ कैंसिल हो गया बराबर के इस साइड भी था उस साइड भी था अब क्या बचेगा दो माइनस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर दो माइनस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अब इसको तोड़ना है दो माइनस के स्क्वायर मतलब कि ए माइनस बी का हाल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और बराबर में दे रखा है के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर के इस साइड उस साइड दोनों सेम कैंसिल हो गया क्या बच गया फोर माइनस फोर के बराबर जीरो तो फोर बराबर फोर के बराबर क्या उस साइड निकालना है किसका मान के का मान निकालना है तो के बराबर चार और ये चार यहाँ पे गुना में है तो इससे डा जाएगा भागा में कट गया कितना एक तो के का मान कितना निकला के का मान निकल गया एक तो इसके लिए के का मान एक रखने पर जीरो दो, दोनों जगह से बराबर दूरी पे होगा ठीक है करना कुछ नहीं था सिर्फ इसमें दूरी का सूत्र लगाना था और सॉल्व करना था अगला जो टॉपिक है मूल बिंदु से दूरी यह भी दूरी सूत्र से ही है लेकिन जब मूल बिंदु से पूछेगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे ये हो गया एक्स और ये वाला हो गया वाई एक्स मूल बिंदु कहाँ पे है मूल बिंदु ये है एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एक्स टू वाई टू और कहाँ से दूरी देखना है मूल बिंदु से तो एक पॉइंट यह हो गया एक्स वन वाई वन और आपको पीछे बता भी रखें कि मूल बिंदु का नियामक होता है जीरो जीरो तो जीरो जीरो एक्स वन कितना हो गया जीरो वाई वन जीरो अब लगाना है दूरी सूत्र नाम भी रख दे A बी तो निकालना है ए बराबर रूट अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स टू कितना दे रखा है एक्स टू को एक्स टू ही रखे हैं तो एक्स टू ही लिखेंगे माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स वन की जगह पे जीरो का स्क्वायर और वाई टू सेम और वाई वन का स्क्वायर वाई वन एक्स टू में से जीरो गया मतलब कुछ नहीं गया तो बाकी रह गया एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू में से जीरो गया फिर वाई टू ही रह गया और वाई टू का स्क्वायर यहां से क्या पता चलता यदि कोई बिंदु दिया रहेगा यदि कोई बिंदु दिया रहेगा मान इसलिए दो चार और पूछ देंगे इसका मूल बिंदु से कितना दूरी है तो करना कुछ नहीं है रूट अंदर लगाना है दोनों बिंदु का स्क्वायर करके एड कर देना रूट अंदर दो स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर तो रूट अंदर दो का स्क्वायर चार और चार का स्क्वायर सोलह तो सीधा आंसर रूट अंदर बीस किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछे तो रूट अंदर पहले बिंदु का स्क्वायर मतलब उसका भोज का स्क्वायर एक्स वाला का स्क्वायर प्लस वाई वाला का स्क्वायर तो वो निकल गया कहां से दूरी मूल बिंदु से दूरी अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र विभाजन सबसे पहले होता क्या है विभाजन मतलब होता है बांटना विभाजन मतलब होता है बांटना जैसे निर्देशाक जयमिति में विभाजन सूत्र को समझते हैं जैसे एक पॉइंट यहां है दूसरा यहाँ है तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे है अब पूछेगा कि ये बिंदु पूरे लाइन को कितना अनुपात कितना बांटता है तो तीनों बिंदु का नियामक होगा इसका भी नियामक होगा इसका भी नियामक होगा और इसका भी नियामक होगा और पूछेगा बीच वाला बिंदु पूरे लाइन को कितना अनुपात में बांटता है मतलब ये कितना अनुपात में होगा तो कुछ भी हो सकता है और देखेंगे ये निकलता कैसे है यहां पर सिंपल सा फिगर ले रखे ठीक है एक लाइन है दोनों लास्ट बिंदु है पहला वाला जो है एक्स वन बाई वन मतलब ये बिंदु एक्स वन बाई वन है और ये बिंदु एक्स टू वाई टू है और कोई एक बिंदु है बीच में एक्स वाई जो कि लाइन को एम और एन मतलब कि एम अनुपात एन में बांटता है एम अनुपात एन मतलब एक अनुपात दो दो अनुपात तीन ऐसे ही कुछ चलेगा चार अनुपात पांच कुछ भी अनुपात होगा वो सवाल में देखा जाएगा ठीक है एम अनुपात एन में बांटता तो करेंगे एक्स वाई का हमको नियामक निकालना एक्स वाई का नियामक निकालना है एक बिंदु है बीच में जो कि इस लाइन को एम अनुपात एन में बांटती है तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा तो एक्स वाई बराबर एम एक्स एक्स टू ये प्लस एन एक्स वन एन एक्स वन बट्टे में एम प्लस एन ये हो गया एक्स वाला फिर वाई वाला एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन ये हो गया वाई वाला यहाँ पे कर क्या रहा है एम ले रहे हैं और एक्स टू ले रहे हैं प्लस एन एक्स वन और नीचे में दोनों को जोड़ रहे हैं M N को यहां भी दोनों को जोड़ रहे एम प्लस N. X वाला हम करेंगे क्या एक्स टू लेंगे, लेंगे और Y वाला वाई टू लेंगे और वाई वन लेंगे तो फार्मूला को याद रखना है X वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में M plus N, My2 प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में M प्लस एन किसके लिए विभाजन सूत्र के लिए अब सवाल से इसका प्रैक्टिस करते हैं पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा ठीक है किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा देखिए सवाल आ गया उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है सबसे पहले आपको फिगर के थ्रू आपको बताता हूं फिगर इसका कैसे बनेगा अभी हमको ग्राफ में जाने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिक अब आपको पूरे बता रखे हैं तो सीधा ग्राफ से बाहर ही निकलेंगे एक पॉइंट माइनस चार सात और दूसरा चार माइनस तीन और कोई बीच में बिंदु है जो कि इस लाइन को दो अनुपात तीन में विभाजित करती है दो और तीन लिख दिया दो क्या हो गया अपना दो हो गया M, तीन हो गया N, माइनस चार हो गया एक्स वन सात हो गया वाई वन चार एक्स टू और माइनस तीन वाई टू और ये जो बिंदु निकालना है इसको क्या लिख ले X और Y। तो अलग अलग ही निकालते हैं एक्स बराबर एम एक्स टू स्पेस कम है सीधे फार्मूला को अप्लाई करते हैं एक्स टू मतलब दो गुना चार प्लस एन वन तीन एक्स वन है माइनस चार और बट्टे में दो प्लस तीन तो ऊपर हो गया चार दुना आठ और तीन चौका बारह माइनस बारह और नीचे में तीन दू पांच आठ में से बारह गया माइनस चार बटे पांच ये निकल गया क्या एक्स निकल गया अब निकालना है वाय अब क्या निकालना वा है वाई निकालना है वाय बराबर Plus n by one m वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन तो दो माइनस तीन वाई टू था माइनस तीन और n का मान तीन वाई वन वाई वन का मान सात और बटे में m प्लस एन मतलब दो प्लस तीन तो ऊपर क्या हो गया दो तीया छ माइनस छ प्लस इक्कीस बटे तीन दो पाँच इक्कीस में से छः गया पंद्रह बटे पाँच कट के तीन तो एक्स निकल गया अपना कितना सॉरी वाई निकल गया तीन और एक्स माइनस चार बटे पाँच तो पॉइंट हो गया माइनस चार बटे पाँच तीन ठीक है तो ये एक्स वे एक्स वो माइनस चार बटे पांच और तीन सवाल क्लियर इसी तरह का सवाल रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने किताब से बनाइए और भी सवाल और क्वेश्चन बिंग को देखिए ठीक है, है? माइनस तीन माइनस चार और एक दो को मिलाने वाली रेखा को वह अक्ष किस अनुपात में बांट रही है तो आपको बता रखा हूं कि सबसे पहले क्या करना है फिगर ड्रॉ करना है और ये वाई मैंनस तीन मैंनस चार। कहां पे होता है माइनस तीन माइनस चार इस चतुर्थांश में और एक दो एक दो चतुर्थांश में को मिलाने वाली रेखा को वाय अक्ष अनुपात में बांट रही है तो हम एक अंदाज इधर खींच देंगे ठीक है कोई प्रॉपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ अंदाज के लिए ले रखे तो जो बिंदु बांट रही है वो कहां पर बांट रही है तो यह बिंदु है एक बिंदु ये मिल गया एक ये और एक ये तो y अक्ष पे है इसका क्या हो जाएगा y तो होगा लेकिन सॉरी इसका y होगा लेकिन x नहीं होगा x जीरो और y होगा पॉइंट मिल गया इसको मान लेते हैं कि लेमडा अनुपात एक में बांट रहा कितना बांट रहा है लेमडा अनुपात एक में अब सीधा कुछ नहीं करना फॉर्मूला अप्लाई करना क्या लिखे थे बीच वाला पॉइंट का नियामक बराबर एम एक्स टू एम स्क्वायर है लेमडा एक्स टू एक्स टू का मान एक प्लस एन एक्स वन एन का मान है एक और एक्स वन का मान है माइनस तीन बट्टे में लेमडा प्लस वन ठीक है सवाल बस इतना से ही बन जाएगा आगे करने की कोई जरूरत नहीं है और वाई वाला का कोई लिखने का जरूरत ही नहीं है एक्स का मान कितना जीरो एक्स वाला का मान जीरो है जीरो वाला को इससे बराबर कर देंगे वाई वाला को नहीं लिखेगा ये ध्यान रखिएगा वाई ये किसी काम का नहीं है अभी फिर भी तो लेमडा इंटू वन प्लस एक गुना माइनस तीन बटे लेमडा प्लस वन बराबर जीरो लेमडा गुना एक कितना लेमडा और एक गुना माइनस तीन लेमडा तो लेमडा बराबर कितना तीन लेमडा का मान कितना निकल गया तीन निकल गया यानी कि ये बिंदु जो है y अक्ष y अक्ष जो ले रखे हैं वो दोनों बिंदु को तीन अनुपात एक में विभाजित कर रही है आगे समझ में इसमें किया क्या ये, ये बता रहा हूं शॉर्टकट में पॉइंट दे रखा -3 -4 उसको लिख दिए उसके बाद एक दो उसको भी लिख दिए बोल रहा है कि वाई अक्ष किस अनुपात में बांट रही है तो वाई अक्ष लाइन को गुजार दिए और वाई पे जो पॉइंट हुआ उसका नियामक लिख दिए वाई पे नियामक क्या होता है कि तो वाई बिंदु होता है लेकिन एक्स में हम कुछ चले ही नहीं तो एक्स कितना जीरो तो जीरो कोमा वाई ये हो गया उस बिंदु का नियामक और फॉर्मूला क्या पड़े अपन एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन और वाई के लिए एम वाई टू बट्टे एम प्लस एन तो एक्स वाला हमको मान दे रखा था जीरो और वाई वाला मान नहीं दे रखा इसलिए वाई वाला को बराबर नहीं किया समझ में तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे एम प्लस एन सारा वैल्यू पुट किया और बराबर जीरो कर दिए तो ये वाला जब जीरो से गुना हुआ तो ये हो गया जीरो तो बच गया लेमडा माइनस तीन तो लेमडा बराबर तीन गुस गया तीन और लेमडा का मान तीन निकल गया तो तीन अनुपात एक गया समझ में यदि सवाल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं अगला सवाल भी ऐसा ही है ठीक है इस बार सवाल क्या बिंदु इतना इतना है एक किस अनुपात में बांटती है तो पहले करना है फिगर ड्रॉ करना है फोटो बनाना है फोटो अपना बन गया दो माइनस तीन दो माइनस तीन इधर होगा दो माइनस तीन उसके बाद पांच छ इस चतुर्थांश में होगा एक नंबर में कहीं भी बिंदु रख ले मिला दिए अब क्या मिल गया एक बिंदु पांच छ दो माइनस तीन और बीच वाला बिंदु जो लाइन को बांट रही है वो कितना एक्स पे है तो एक्स का तो बिंदु होगा और वाई पे नहीं गए तो वाई का जीरो हो जाएगा इस बार क्या करेंगे पिछले वाला में वाई बिंदु था और एक्स जीरो था तो एक्स वाला को बराबर किए इस बार एक्स बिंदु है और वाई वाला जीरो है इस बार किसको बराबर करेंगे वाई वाला को बराबर करेंगे तो वाई बराबर एम वाई n वाई वन बट्टे में एम प्लस एन वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन वाई का मान था जीरो तो जीरो बराबर लेमडा और वन अभी तक नहीं माने हैं लेमडा मानेंगे इसको वन इसको लेमडा इसको क्यों माने क्योंकि पॉइंट सबसे पहले दे रखा था बिंदु दो माइनस तीन पाँच छः तो जो पहले वाला बिंदु रहेगा दो माइनस तीन उसके साथ रखेंगे लेमडा ठीक है जो पॉइंट पहले दिया रहेगा उसके साथ रखेंगे लेमडा और दूसरे वाले के साथ एक ठीक है तो जो पॉइंट पहले दिया उसको रखेंगे एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन और दूसरे को रखेंगे एक्स टू वाई टू ठीक है तो वाई का मान था जीरो तो जीरो बराबर एम वाई टू एम का मान लेमडा वाई टू वाई टू कितना हो गया गुना छः प्लस एन वाई वन एन का मान एक और वाई वन का मान माइनस तीन बट्टे में एम प्लस एन यानी कि लेमडा प्लस एक इसके बाद क्या होता है कि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो एक है कोना कोनी गुना होता है लेमडा प्लस एक जब जीरो से गुना हुआ तो जीरो हो गया बाकी क्या रह गया लेमडा गुना छ छ लेमडा और एक गुना माइनस तीन माइनस तीन बराबर जीरो छ लेमडा माइनस तीन बराबर जीरो तो छ लेमडा बराबर तीन बराबर के उस साइड तो लेमडा बराबर लेमडा बराबर तीन और बट्टे में छ क्योंकि छः यहाँ पे गुना था तो यहाँ पे भाग में तीन दुना छमडा बराबर कितना निकल गया एक बट्टे दो लेमडा के जगह पे एक बट्टे दो और ये एक शख्स की सनुपात में बांटती है लिखे थे हम माने थे कितना लेमडा अनुपात एक में और लेमडा का मान कितना निकला एक बटे दो और एक ये वाला एक ये हो गया यानी कि एक बटे दो रह गया तो कितना अनुपात में आया एक अनुपात दो में ठीक है चलिए अब मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो विभाजन सूत्र ही लेकिन मध्य बिंदु के लिए है देखते हैं कैसे एक बिंदु ये है एक्स वन बाई वन और एक ये है एक्स टू बाई टू मध्य बिंदु मतलब क्या ये बिंदु x एक्सवा x वाई और जो कि इस लाइन को बराबर अनुपात में बांटता मतलब एक भाग ये एक भाग ये एक अनुपात एक में बांट रहा है तो फार्मूला पे बताते हैं आपको कि शॉर्ट फार्मूला इसका कैसे बन रहा है x वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस वन और ये बता रखा आपका ये फार्मूला विभाजन सूत्र में अब फार्मूला अप्लाई करते हैं x बराबर कितना एम एक्स टू का मान एक और x2 टू प्लस एन एक्स वन का मान भी एक x1 वन बटे एम प्लस एन एक प्लस एक कितना हो गया ऊपर हो गया x2 टू प्लस एक्स बटे दो अब y का मान वाई कमान m y 2 एक y 2 प्लस एन वाई वन एन कमान एक y 1 बटे में एक प्लस एक मतलब y कितना निकल रहा है y 2 प्लस वाई वन बट्टे में टू कुछ समझ में आया मतलब कि जब दो बिंदु दिया जाएगा और मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा उसका एक्स कितना हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू और वाई कितना हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बट्टे टू ठीक है उसका एक्स नियामक हो जाएगा एक्स वाला को जोड़ देना बट्टे दो और वाई वाला कितना हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में टू एक्स वाला जब नियामक पूछेगा तो एक्स वन प्लस और y वाला जब पूछेगा y1 वन प्लस वाई टू बट्टे टू आज समझ में मध्य बिंदु का निर्देशन पूरा आसान है दोनों बिंदु को ऐड करना है बट्टे में दो करना है प्रैक्टिस भी करते हैं इसका जैसे इसका मौखिक बता रहा हूं क्या दे रखा है एक तीन एक बिंदु है और दो तीन भी एक बिंदु है और एक ये बिंदु है एक्स वाई जो कि मध्य बिंदु है निकालना है एक मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा तो x निकालते हैं x निकालने के लिए क्या एक प्लस दो एक प्लस दो बटे दो यानि कि तीन बटे दो और y कितना तीन प्लस तीन तीन प्लस तीन बटे में दो यानी कि छः बटे दो कितना तीन मतलब कि मध्यिंदु का नियामक निकला तीन बटे दो कोमा तीन इसका एक्स हो गया तीन बटे दो और वाय तीन कितना आसान सवाल था ये फिर सवाल ले रखे मध्य बिंदु पे ही माइनस चार दो और आठ छे जब बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो एक्स को एक्स से जोड़ करके दो से भाग और वाई को वाई से जोड़ करके दो से भाग कर देंगे ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए यदि अब हम दो मार्क या तीन नंबर के लिए बनाया तो फिगर भी ड्रॉ करेंगे माइनस चार दो आठ छ और बीच वाला पॉइंट को कुछ भी मान लेंगे एक्स वाई ठीक है तो एक्स बराबर आपको फार्मूला भी लिखना है एग्जाम में मार्क एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने वाला मार्क आपको फोकट में नहीं देने वाला है उसके लिए कुछ करके आना पड़ेगा तो फार्मूला लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू एक्स वन कितना माइनस चार प्लस एक्स टू आठ बटे दो चार बटे दो एक्स निकल गया दो y1 वन y कि, कितना y1 प्लस y2 बटे में टू y1 का मान दो प्लस y2 टू बटे बट्टे दो छ आठ बटे दो हिसाब करके सॉरी छः दो आठ बटे दो चार मतलब कि x निकल गया दो और वाई निकल गया चार तो मध बिंदु मिल गया ऐसे बनाना है आपको दो नंबर तीन नंबर के लिए और यदि ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा तो माइनस चार प्लस आठ कितना चार बटे दो दो और दो प्लस छः आठ बटे दो चार ऐसे निकालना है ऑब्जेक्टिव के लिए आया समझ में और सवाल आएगा इस पर मध बिंदु का सवाल बराबर आता बोर्ड एग्जाम में अगला सवाल फिर उसी पे यह सवाल आप क्या करिए कि कमेंट में बताइए दस छ दस को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा सवाल सेम है कुछ भी चेंज नहीं है आपको बताना कमेंट में ठीक है और यह भी सेम सवाल है तीन पाँच सात नौ दो बिंदु है इसका मध्य बिंदु निकालना है निकाल के इसका भी आंसर कॉमेंट में बताइए आप फिर एक सवाल मध बिंदु पर प्रैक्टिस के लिए तो आपको बहुत बेहतर होने वाला है प्रैक्टिस कीजिए आप पूरा ठीक है माइनस दो तीन चार एक को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है तीनों सवाल से मैं कुछ भी अलग नहीं है यदि कंसेप्ट अलग रहता तो मैं बता देता ठीक है दो तीन सवाल आगे बता चुका हूँ पीछे तो आपको ये खुद से करना है ठीक है ये भी उसी के लिए लिए थे कि मध बिंदु बताएँगे ठीक है तो मधबिंदु का कंसेप्ट इतना आसान था कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है